इंडिया की एक सौ एकवी यूनिकॉर्न कंपनी के वो फाउंडर है यानी कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में वन बिलियन डॉलर है नियर अबाउट आठ हजार करोड़ और आप सब उनको फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं पीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं प्लीज गेव एड एन वेलकम सर बैठिए माय गॉड दिस इज लाइक समथिंग प्लीज हैव सीट बच्चों बच्चों तो बोल दो वो खड़े बोलना पड़ेगा इनके बारे में मैंने देखा हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखते हैं कि पीडब्ल्यू इज नॉट एन इंस्टीट्यूट इट्स एन इमोशन सर क्या जादू किया दीवाने हैं बच्चे इनके मैंने जहां तक देखा है मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है मैं तो देख रहा हूँ बस आपको अच्छा <laughs> like that is enough for me. अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी आपने अभी कोटा में शायद एक इंस्टीट्यूट खोला है ना तो वहां पे मैंने देखा ये बाहर ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं ये अगर आप चाहे तो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उतर सकते हैं वहां <laughs> <laughs> इंडिया की एक सौ एकवी यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर और उसके बावजूद इतने हम्बल इतने डाउन टू अर्थ और जैसे ये कैमरे के आगे हैं, वैसे ही कैमरे के पीछे हमारी पूरी टीम ने बताया इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मेरा एक जेनुअन क्वेश्चन है आपसे कि आपने बच्चों के ऊपर क्या जादू किया है मतलब ये जो बच्चे हैं इतने दीवाने क्यों हैं आपके म्यूचुअल प्यार हमें लगता है <laughs> दोनों तरफ से है बहुत गहरा प्यार है दोनों तरफ से मतलब जितनी आश उनको उतनी आश हमको भी उनसे जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग खड़े होते हैं और जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग खड़े रहते हैं तो आई थिंक इसके <laughs> मैं एक्चुअल में पहले कभी आपसे मिला नहीं आज हम यहाँ पे स्टेज पे डायरेक्टली पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार आपसे ऑन कैमरा मिलूं फिर ऑफ कैमरा मिलूं फिर आराम से बैठ हमारा 2013 तो तो तो... से मन था भाई हम <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> लोग तो वो देख रहे थे आपके लाइफ चेंजिंग सेमिनार क्या भाई है? क्या आदमी है क्या हो रहा है एंड देन वी जस्ट कुडेंट इमेजिन की इट कैन हैपन समे मतलब I I literally couldn't imagine मतलब संदीप सर आपने मतलब जो non business mindset सेट के साथ इस चीज़ को क्रिएट किया है देर आर पीपल हु से लॉड ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू बट दे आर स्टिल पीपल हु से अ things bad about you और ये मेरे साथ भी होता है मतलब we meet people and they are like नहीं यार उस बंदे कुछ तो चल रहा है तो मैं कहता हूँ इधर बैठो सुनो तुम मेरे YouTube पे 6-7 million से आठ मिलियन सब्सक्राइबर है उस बंदे के 20 million के ऊपर subscriber है मुझे पता है मिलियन सब्सक्राइबर में कितना पैसा पे ही sitting, जिस of, uh, या लोगों से कनेक्टेड है कंट्रोल डरी मनी मैटर नहीं करता नहीं दिस इज समिंग रियली क्वेश्चन पूछने हैं इनसे जो आप सबके मन में हो लेकिन आज से पहले इनसे कभी किसी ने वो क्वेश्चन ना पूछे हो, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप सबकी प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे जैसे ही आपको नहीं तो हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं like लेकिन जब आगे मूव करते हैं तो कोई भी हमारा वीक एरिया होता है या कॉम्पिटिशन देखते हैं तो डर लगता है कि और लोग हमसे बेटर है या हम नहीं अचीव कर पाएंगे तो उस चीज़ को कैसे बीट करके अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है गुड क्वेश्चन कितने चाहते हैं इसका आंसर दे हाँ सब चाहते हैं पहली बात तो ये है कि आ, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं हो सकता और मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो क्योंकि मैं कहता हूँ अगर आप आई आई नीट की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता था जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर लिया और आप चल दियो जैसे मान लो अगर आपको सपोज करो आपको खाना बनाना है टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना उससे आप सोचो सोचोगे पड़ोसी घर में क्या बन रहा है आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है फिर प्याज को एक प्याज काटने बारे में आगे की पनीर के बारे में को और कोई चीज नहीं सोच रहे हाँ पर पूरे टाइम दिमाग में ये है की सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी ये पूरे टाइम चलता है पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए तो स्टेप बाई प्रोसेस को ब्रेक करो और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना दस पंद्रह मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो बोलो यार क्या कर रहा है यार तुम एक रूल बना लो अपना कि हर दस मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं सौ बच्चा आप बताइए कौन है जो पूछना चाहते हैं सबको नींद नहीं आई है मुझे बिल्कुल <laughs> नींद नहीं आई है मैं बहुत बस ये सोच रहा था, था क्या पूछू क्या पूछू और मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन अपने खत्म हो गए मेरे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है सर मोहमाया से कैसे दूर रहे एक तो फाइनेंस हो गया और एक फीमेल हो गई दोनों से दूर रहना है। Interesting question <laughs> है तो तो कितने चाहते हैं इस question का answer मैं जब uh, college छोड़ के गया में पढ़ाने तो ये problem मेरे साथ भी थी आया वाली यू आर गुड इन तो कहीं ना कहीं uh, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे सो आई गॉट माई सेल्फ बोल्ड मैंने खुद को टकला कर लिया ये YouTube पे है, है आपकी ऐसी सर, हाँ, हाँ, अच्छा है। चमकते हुए हाँ. okay. <laughs> so, फॉर गुड थ्री इस मैंने बाल नहीं ग्रो किए और बस इसलिए कि कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए मुझसे बात ना करे तो मैंने खुद से खुद को कट कर लिया था तो अब ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा है ना काफी स्मार्ट हो तुम तो अपने बाल <laughs> से नहीं सबसे तो जूते <laughs> <laughs> माया से एक टाइम तक के लिए दूर रहना चाहिए सर माय क्वेश्चन इज दैट अभी लास्ट टू इयर्स से पेंडेमिक था लॉकडाउन था सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं हमें पता है हमने कैसे दिए ऑनलाइन एग्जाम एंड अब डी के ऑल ओवर साडन सेकेंड सेम ऑफलाइन है एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू स्टडी वो जो पहले वाला पेस होता था जिस uh, पेज से हम पढ़ते थे जिस वे में आउटपुट ऑफ प्रोडक्टिविटी आता था इवन अगर हम उतने आज पुट करें तो भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही आफ्टर लॉकडाउन बिकॉज समवेयर ऑदी अदर हमने अपना वो जो स्टडी uh, पैटर्न होता काम चल रहा था अब मस्कारी बंद हो गई है सर exactly, इफ समथिंग लाइक कि uh, दो साल के लिए मोहल्ले की बिजली चली गई थी गार्ड चला गया था तो घर लूट रहे थे अपन आराम से अब वापस पैसा कमाना पड़ेगा मेहनत करके इफ समथिंग गोइंग लाइक दैट तो uh, कैसे करेंगे अफकोर्स सबसे अच्छी चीज होती है कि मेरे साथ भी जब ऐसा होता है जब ऐसा खराब टाइम आता है कि तुम डाउन फेस चल रहा है नहीं सही सो रहा है तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए अपनी पुरानी और कहीं ना कहीं हम लोग ने लाइफ में हर किसी ने मचाया है उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ उन दिनों की चीजों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो okay, इसका तो एक और आइडिया भी हो सकता है जो मैंने किया अपनी लाइफ में जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था तो मैंने क्या किया था एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा लक्ष्य मूवी का एक गाना है लक्ष्य को हर हाल में पाना है उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था मतलब होता है यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर जो आप भूल गए हो उसको वापिस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग कुछ ऐसे इमोशन अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो और पास में जो आपकी पावर कनेक्टेड हो और किसी भी गाने को सुनो जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे अभी वो जोन चेंज हो गया आपका yes. अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा एक दो महीना तीन महीना जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा मैं ऐड ऑन करूंगा इसे जरूर <laughs> से क्योंकि आ, जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे दो गाने थे बहुत एनर्जेटिक ने लक्ष्य बताया तो मेरे दो गाने थे पहला था आरम्भ है प्रचंड दो हजार से अभी बड़ा वायरल हो गया है हम लोग तो तबके फैन हैं उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी और वो गाना जैसा बता रहे लूप में दस बार बीस बार तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर इन दैट सॉन्ग ऐसा टाइम आ जाता है जो मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार युद्ध ही तो वीर कप तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी सेशन थी सरने की इस तरह की कोई अपने अनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप Sir, my question is that uh, today you are training millions of students for IDJ and NEET-like uh, exams. Hmm. But uh, you yourself drop out of your uh, engineering college in the third year itself. Right. And still you made it, it to a eight thousand crore uh, unicorn company today. Hmm. So, sir, how we can achieve also such such success without being dependent on the tag of a big college? लोगों को बहुत glamorous लगता है drop out and drop out से millionaire बन जाएंगे drop out से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे सो so, uh, मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफी जूनियर्स मैसेज किए सर आई वांट टू ड्रॉप आउट तो मैं उनको क्लियर बोलता था नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है पहली बात सो so, अगर आपको ये चीज बहुत फैटिसाइज uh, करती है मैं आपको बताता हूं कि uh, आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है लाखोंग सो so, इसको कभी भी फैंटिसाइज न करो ड्रॉप आउट uh, करने के लिए ड्रॉप आउट करना है बहुत बेकूफी लगती है मुझको ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊंगा लाइफ में यार तुमने वो कोर्स किसी चीज सोच के लिया था ना अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही सोचो गलत प्रूफ कर रहे हो पहली बात तो है ना अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहां काम नहीं बन सकता मैंने ड्रॉपआउट जो किया था वो सिचुएशन येंड कॉल्ड माई सिस्टर एंड ही सेट टू हर कि इसको वापस बुला लो यहां मर जाएगा ये यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा इसकी सारी उम्मीदें सब यहां पे मरने वाली हैं अब तो एक अलग सिचुएशन थी वो एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो उसको याद कर बहुत प्राउड फील करता हूँ ठीक है अच्छा दूसरी चीज जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया सर ने बोला क्या है आसान है तो वो एकदम सही बात है मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया आपने ऊपर मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा तो मुझे क्या डिफरेंट करना है मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया हर स्टेप से अपने डिसीजन लिए कॉलेज छोड़ते मुझे पढ़ाना मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा हमने जो डिसीजन लिए उसपे मैं लगा रहा मैं सही करके दिखाऊंगा ऐसा कोई भी डिसन आप लोग हर चीज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है उसको डिफेंड करना होता है कई बार बहुत बुरे फेजेज आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता तो मैंने उन फेज को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा यही था मेरे पास बीच जॉब ऑफर्स थे सबको पता है एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुई है मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया ये आ गया था छह लाख रुपये का मार्केटिंग का जॉब ऑफर बिकॉज आई वुड गुड इन स्पीकिंग स्किल्स तो मार्केटिंग का जॉब ऑफर आ गया था तो आई डिनाइ करके मुझे पढ़ाना था तो अपने गोल में मैं स्टिक था और क्या मैं भी आप थोड़ा सा ऐड करूंगा एक्सपीरियंस के बेस पे देखो ड्रॉप आउट होने की दो वजह हो सकती है एक है कि फाइनेंशियली आपके ऐसी कंडीशन हो कि आप उसको कर ही नहीं सकते हो तो मजबूरी हो गई ना नंबर टू कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि मैं तो फोड़ दूंगा अगर आपकी भाषा में बोलू तो अंदर से जब आपके आ जाता है ना कि मैं तो फोड़ दूंगा अब मुझे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया है इसके आगे भी कर लूंगा तो मैंने सेकेंड ईयर तक अपना कॉलेज पूरा किया थर्ड ईयर में छोड़ा क्यों क्योंकि मुझे नजर आ गया था अच्छा आपने भी कुछ ऐसा <laughs> <कहा> अरे था? <laughs> <थारे laughs> सर क्या बात है तो थर्ड ईयर में जाकर छोड़ा क्योंकि सेकंड ईयर तक मैं इतना अर्न करने लग गया था कि मुझे साफ नजर आ रहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं उतना अर्न नहीं कर पाऊंगा वहां से कोई वैल्यू एड नहीं हो पा रही थी तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं अपना वो एक साल यहां लगाने के बजाय वहां लगाऊ तो मैं अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी प्लस मुझे नजर आ रहा था यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है आई वॉज मेकिंग अराउंड ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड रुपीज अ मंथ जब मैंने वो डिसीजन लिया था कॉलेज छोड़ने का ऐसे नहीं हवा में उठ करके छोड़ दिया तो इसलिए नहीं कि उन्होंने किया तो आप भी करो उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो मैं भी करूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा इनफैक्ट कहीं भी नहीं ऐसा पढ़ाई में भी नहीं होना चाहिए कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा अरे नहीं भाई अपने आप को देखो समझो जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो एंड ड्रॉप आउट के बाद जैसे सर ने बोला ना 20 हजार तो मैं सोच रहा हूँ बीतीस हजार में कौन छोड़ता है यार तो इनके दिमाग में कुछ और बड़ा चल रहा था एंड टू इट फॉर अग टाइम जैसे आपको पढ़ाई डिफिकल्ट कर रही है ना तो वो गलत है क्योंकि इधर आओगे फिर काम भी डिफिकल्ट लगेगा जो कर रहे हो फिर यहाँ से भी ड्रॉप आउट करोगे तो बीतीस हजार में छोड़ दिया तो मतलब इनके दिमाग में और बड़ा फिगर चल रहा था कुछ अलग सर आप जैसे आपने कहते हैं पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है रिवोल्यूशन दिया चेंज कर दिया है संदीप सर है इन्होंने भी कहते हैं यूथ का माइंडसेट लाइफ को लेके बिल्कुल चेंज कर रखा है और आप दोनों जो कर रहे हैं जो कर रहे हो जो आपने अभी भी हम हम सबके लिए कर रहे हो उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं करूँगा और सीधे हाँ। बहुत बढ़िया चैलेंज <laughs> एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है जिसने मतलब कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है वो चाहता है कि कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सके कि। किसी एक चीज से आपको प्यार हो जाएगा तो उसको फॉलो करो बस यही मुझे लगता है एक एडवाइस के नाम पे मतलब क्या होता है ना मैं एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ कि आ, सभी लोग को यहाँ कोई ना कोई लड़का लड़की पसंद आने ही लग गया होगा अब तक तो लाइफ में <laughs> बोलोगे नहीं क्योंकि पापा लोग शोज देख रहे हैं गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड रिलेशनशिप हम सफर कुछ भी होता है साथ में तो क्या आप मेरे से कभी पूछते हो कि सर उसकी तरफ अपना ध्यान कैसे लगाऊं? कभी नहीं पूछते कभी नहीं ये पूछते हो सर फोन पे छह घंटे बात हो रही है इसको दो घंटे कैसे करें कैसे कंट्रोल करें खुद को क्यों ऐसा क्यों होता है बिकॉज यू आर मैडली इन लव यू आर डीपली इन लव आई डोंट से डोंट फॉल इन लव फॉल इन लव बट फॉल इन लव विथ something that can motivate you. It can be a girl, it can be a boy, but it can be something your goal also. एक और बड़ा अच्छा है बढ़िया है इस पर तो बात है जैसे बहुत ही बढ़िया है इस पर तो याद आ गया कि मान लो जैसे आपकी गर्ल फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है भगवान ना करे हो भगवान बहुत दिक्कत होती है <laughs> <laughs> अगर किसी की है या होता है तो क्या वो ये पूछता है कभी कि सर अगर इससे नहीं चला तो मेरा क्या होगा नहीं पर करियर में सब पूछते हैं मेरा तो वही है जिंदगी में मतलब जो करते हैं ताबोड़ तोड़ चाहिए तो चाहिए सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव एंड हाँ उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती है और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर और फिर रोता है इंसान है ना बहुत जबरदस्त फिर उससे लगती है सीने में आग फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे एंड देर इज नैशन देर इज नाइम वेन यू आर नॉट सक्ट सीरियस अबाउट रो यार इंसान है किसी चीज के लिए बहुत ट्राई किया नहीं जीता, रोएंगे कमरे में फिर वापस आएंगे फिर लड़ेंगे सर तो बिलीव नहीं हुआ ऐसा लग रहा है YouTube में देख रहे हैं आप दोनों। <laughs> <laughs> <laughs> ऐसा लग रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है इलेवेंथ में पता नहीं था कौन सी स्ट्रीम ले ली ले ली बस फैमिली uh, ने बोला ले लो उस टाइम को ड्रीम वगैरह भी नहीं थी कि हाँ ये करना है वगैरह ये सब था नहीं फैमिली ने बोला ये ले लो मेरी बहन ने बोला कॉमर्स ले लो, लो मैंने ले ली उसको भी इतनी अकल नहीं थी कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं है कॉमर्स में भी कुछ नहीं रखा उसको भी नहीं पता तो तो तो था उस टाइम देख रहे हो गई वीडियो उसको आप बोल रही है कि मेरे को खुद रिलाइजेशन हो कॉमर्स में कुछ नहीं रखा हमको लगता है एक दूर से लगता है कि हाँ उसमें रखा है उसमें रखा है आप जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि आपके जो स्किल्स हैं वो देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं उसके हिसाब से आप करो अब स्किल्स कैसे देखें अंदर क्या है तो पहली बात तो कॉमर्स बैकग्राउंड पीडब्ल्यू के जो हमारे फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर जो भी आप लोग सुन थे बिल एंड कंपनी है तो हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो And, uh, उनकी so और उनकी सैलरी बहुत अपनी कैसे पहचाने तो uh, मैं अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ की क्लास एट में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा और क्लास टेन से मैं ड्रामा करने लग गया तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अलग पांडे तुम तो एक्टर हो पब्लिक तो पागल है अलग तो पांडे आ गया, ताली का अब तो एक्टर बनना है और द आयरनी क्लास इलेवेंथ में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा या अचीवर्स अकेडमी थी इलाहाबाद में अब मेरे लिए कन्फ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है ठीक है तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया मैंने बेसिक से पढ़ाया उनको मजा आया तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी वो तो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पॉन्स मिला मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूँ कुछ पढ़ा के सो मेरे को वो ज्यादा अपने स्किल के लिए ज्यादा बेटर लगा फिर उस स्किल काम किया बट ऑफकोर्स विद डैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में सेकेंड ईयर से मैं पढ़ा रहा था साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया तो सी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी जिंदगी को लेके हम सब एक जैसे लोग हैं ठीक है हम लोग की भी वही हालत है वही दाल रोटी हम भी खा रहे हैं हालत वही है हम लोग की भी तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्ले सड़क जाम करके पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो ऐसी so, दो तीन चीजें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में जो अच्छी लगती होंगी करना और उसमें तो कुछ मत छोड़ो तीनों चीजें करते रहो पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं करता रहा ड्रामेटिक्स करता रहा फिर मैं जब कोचिंग में उतरा ऑफलाइन कोचिंग में और फिर वहां पे अचानक सेट वायरल या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए फिर जब लोग कहते हैं जैसे सर बोले तो बच्चे क्यों प्यार करते क्या दीवानगी तो हमें लगता कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आई रही है लगातार मेरे कि वो द वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी चीज बोली थी डॉट लुकिंग बैकवर्ड एक्सक्टली जैसे फॉर एक्साम्पल कल मेरा एक वीडियो गया है that is about a science experiment। And उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर गोलू बना गैंगस्टर इज अ नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले कॉलेज प्ले जो मैंने थर्ड ईयर में किया था तो वहां से मैं दिमाग हूँ उस दिन को वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंग बच्चे ये क्या टाइटल्पल <laughs> ये, ये मैंने कॉलेज में जब नुक्कड़ नाटक किया तो उसको ग्रुप का नाम था होप्स अलाइव तब मुझे नहीं पता था आज मुझे वो चीज बहुत इंपावर करती है कि होप्स आर स्टिल अलाइव सो थिंग्स ना पीछे कनेक्ट होती है आप वहां चीजें करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो एंड दे वैल्यू नाउ सो आपके तीन चार स्किल सेट होंगे है है ना ना ना कुछ कुछ चीजें प्यार होगा आपको डेफिनेटली अच्छी लगती होंगी करना तो तो उनको आप करते चलो और एक ना एक दिन अपने के बारे में और अवेकनिंग आएगी बट वॉट एवर यू आर डूंग की वॉट वी सेब बिल्कुल भी इतना है।, Two <laughs> <laughs> है जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था किया मैं भी मुंबई गया था धक्के खाए थे मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करी कभी एक्टर बनने का सोचा कभी मॉडल बनने का सोचा फिर वहाँ फेल हुआ वहां फेल हुआ जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट फटाफट फटाफट फटा फेल होते चले जाओ तो मैं आठ दस चीजों में फटाफट फटाफट फटा फटा फटा फेल हुआ एंड में जो ग्यारहवीं चीज करी उसमें वो जो पुराने दस फेलियर थे वो सारे जाकर के कनेक्ट हो गए hmm. सब एकदम से जुड़ गया और जब वो जुड़ गया तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में वो ग्यारह चीजें नहीं अब आप यूनिक बन गए इसी को यूनिकनेस बोलते हैं आज इनकी जो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि जो है, दीवाने हैं उसके पीछे वही रीजन है जो इन्होंने ड्रामेटिक्स किया था वो जो इनकी स्किल्स है ना जिस तरह से ये कनेक्ट करते हैं लोगों से जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो आया ड्रामेटिक्स से तो देखो ना दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन कितना डेडली है उसी वजह से इनकी कौन है। एक सही बात है ना भी ऑप्शन फर्क नहीं पड़ता चूज किया मतलब मतलब डू यू नो संदीप सर किस फील्ड को चूज किए थे नो वट ईज डूइंग इन लाइफ मैंने क्या चूज किया था नो वट आई एम डूंगजेंट मैटर पहली चीज तो पहली चीज तो ऐसी मत करना जो किसी के प्रेशर में कर रहे हो और जो करो ताबड़ तोड़ करो दिन में दो ही काम करो पर ऐसे करो कि ताबड़ोड़ भूख ना लगे प्यास ना लगे नींद ना लगे ऐसा काम करो जिससे मजा आए मतलब जो आप लोग भी बात करेक्शन होता है और लड़कियों तो, so so से हो ही नहीं सकता क्या करोगे इतना पैसे इतना पैसा हम क्या ही कर लेंगे भाई खाना वही खाना रहना वही है तो ये होता है प्यार से अगर आपको काम से अपने प्यार मजा आया जा रहा आया जा रहा है तो आई एम सो मच एंगेज की कल मतलब और मैं फोन तक नहीं उठा। वेरी स्पेशल, जो बता रहे वैसे ही स्पेशल। so me. क्या कर रहे थे वीडियो बना रहे थे अपना <laughs> तो दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस यू नीड और अगर वो क्रेजीनेस नहीं है उस काम में तो छोड़ दे भाई कुछ और कर जिसमें क्रेजीनेस मिल रही है जिसमें तुमको किक मिल रहा है वो काम करो लाइफ में Thank you so much for coming here. Right, It you. means a lot to me and right. my entire team.